भैया के हम कहलो कियो ने बात सुन की पर हमरा कनियों विश्वास नहीं हो करूप कनिया बीन रहे हम सदमा जल्दी से कमू अहा लगू जोगा लागू हमारा बहुक बोखार भौजी